पासे सभी दुश्मन की सभी की की अक्षर भारत थोड़ा मैं इस देश मेरे बच्चों समाध बच्चों संभालिए भविष्य होंगे भविष्य होंगे भारत की शाल के दे, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभालिए दे, इस देश को रखना इस देश को रखना मेरे बच्चों समान